नमस्कार मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अक्टूबर माह के राशिफल के इस कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे कि धनु राशि के जातकों का अक्टूबर का ये माह कैसा जाएगा क्योंकि तो जो अक्टूबर का माह है ये प्राकृतिक शक्तियों को अपने आप में समेटे हुए है कारण इसका ये है कि नवरात्र के भी पर्व देखिए चल रहे हैं इसके साथ साथ दर्शकों दीपावली जैसा पर्व अहोई अष्टलक्ष्मी व्रत एकादशी तो तमाम कुछ चीज़ें हैं वाल्मीकि जयंती तो क्या कुछ नया लेकर के आए दर्शकों एक जो है अपील करेंगे धनुराशि के है आप हैं तो अंत तक बने रहिएगा क्योंकि दीपावली से जुड़ा हुआ प्रयोग भी हम इसी राशिफल में आपको बताए दे रहे हैं आप लोग ये प्रयोग धनतेरस वाले दिन से स्टार्ट कर दीजिएगा हम आपको बताएंगे पहले इस माह के प्रमुख व्रत एवं त्यौहार कौन कौन से इस पर एक दृष्टि डाल लेते हैं तो दो अक्टूबर को बुधवार दिन रहेगा लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती रहेगी और गांधी जयंती भी रहेगी छः अक्टूबर रविवार दिन दुर्गा महा अष्टमी रहेगी सात अक्टूबर को जो है पारण रहेगा महानवमी का 8 अक्टूबर मंगलवार दिन रहेगा दशहरा पर्व रहेगा और दुर्गा विसर्जन भी, भी इसी दिन रहेगा 9 अक्टूबर बुधवार दिन रहेगा पापा कुंशा नामक एकादशी व्रत रहेगी 11 अक्टूबर शुक्रवार दिन रहेगा प्रदोष व्रत रहेगा शुक्ल पक्ष का वहीं 13 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा रहेगी और बाल्मीकि जयंती भी इसी दिन रहेगी सत्रह अक्टूबर को करवा चौथ का व्रत रहेगा इक्कीस अक्टूबर को सोमवार दिन रहेगा अहोई अष्टलक्ष्मी व्रत रहेगी 24 अक्टूबर को गुरुवार दिन रहेगा रमा एकादशी व्रत रहेगा 25 अक्टूबर को शुक्रवार दिन रहेगा धनतेरस और प्रदोष व्रत रहेगा 26 अक्टूबर को शनिवार दिन रहेगा नरक चतुर्दशी रहेगी वहीं 27 अक्टूबर रविवार दिन और दीपो का पर्व दीपावली महालक्ष्मी पूजन अट्ठाईस अक्टूबर सोमवार दिन गोवर्धन पूजा उनतीस अक्टूबर मंगलवार भैयाद्विजी रहेगा और विश्वकर्मा जी की जयंती भी रहेगी तो ये तो था हमारा जो है माह के प्रमुख व्रत एवं त्यौहार कौन कौन से ग्रही गोचर व्यवस्था क्या कहती हैं इस पर भी एक दृष्टि डाल लीजिए तो आप लोग अपने स्क्रीन पर एक चार्ट देख लीजिए यहाँ पर देखिए कि शनि और केतु आपके जो है लग्न से ही गोचर कर रहे हैं दूसरा देव गुरु बृहस्पति लग्न के मालिक आपके द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं बुद्ध और शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग तुला राशि में बना हुआ एकादश स्थान में सूर्य मंगल का पराक्रम योग बना हुआ है आपके दसम स्थान में जहाँ छह नंबर लिखा कन्या राशि में सूर्यदेव गोचर कर रहे जो तीन नंबर लिखा हुआ है यहाँ राहुदेव विराजमान है मिथुन राशि में चंद्रमा को हमने दर्शकों मानक माना है और यह राशिफल हमारा जो है ये चंद्र राशि पर आधारित है देशे ग्रामे ग्रह युद्ध सेवायाम व्यवहार के नाम राशि प्रधानमंत्री जन्म राशि न चिंतित विवाह जन्म राशि नाम नाम राशि राशि है तो यही कहता है कि नाम की प्रधानता दी जानी चाहिए जन्म राशि की चिंता भी नहीं करनी चाहिए दर्शकों पहले हम लोग जो है राशिफल पर चलते हैं उसके बाद में उपाय बताएंगे तो एक से 15 अक्टूबर तक शुभ कार्यों में प्रवृत्ति रहेगी व्यवसाय और अन्य कार्यों में आपको कुछ असफलता मिल सकती है आपके धनागमन में कुछ कमी होती हुई दिखाई दे रही पद प्रतिष्ठा में गिरावट आती हुई दिखाई पड़ रही आपके ऊपर कोई एलिगेशन लग सकता है शनि यहाँ पर देखिए मार्गी हो गए हैं केतु के साथ बैठे हैं जो तो पहला भाव होता है ये आपके गौरव का होता है ये आपके पद प्रभुता अधिकार का होता है गरिमा का होता है नेम और फेम का होता है तो इसमें धूमिल होता हुआ दिखाई पड़ रहा है पद औन्नति का भय भी बना रहेगा दर्शकों जी हाँ क्योंकि एक चीज और बता दें कि राहु देव जो यहाँ पर बैठे हुए हैं सप्तम स्थान में सप्तम से देखिए यहाँ पर पंचम दृष्टि किस पर दे रहे हैं सात नंबर पर बुद्ध को ये पीड़ित कर रहे हैं बुद्ध कहाँ के लॉर्ड बनते हैं टेंथ हाउस के लॉर्ड बनते हैं तो कोई ना कोई आपके ऊपर जो है एलिगेशन्स वगैरह लग सकते हैं उच्चाधिकारी इस बीच आपके साथ कॉपरेट तो करेंगे लेकिन जिस प्रकार से आपने सोचा होगा उस प्रकार से वो तो कॉपरेट नहीं करेंगे पारिवारिक सुख शांति तथा मैत्रीपूर्ण वातावरण में असंतुष्टि का आप लोग अनुभव करेंगे दांपत्य जीवन में मतभेद होंगे अगेन सप्तम स्थान पर राहु बैठा हुआ है प्लस शनि की दृष्टि पड़ रही प्लस केतु की दृष्टि पड़ रही तो दाम्पत्य जीवन में मतभेद रहेंगे और आपके जीवन साथी को पार्टनर को आपकी कोई रास की बात पता चल जाएगी जिसके कारण आप लोगों के बीच वाद होगा या यूँ कहले युद्ध की स्थिति बनेगी दर्शकों सप्तम स्थान जो होता है ये व्यापार का भी होता है व्यापार में भी आपके जो है स्टेब्लिस नहीं रहेगा व्यापार कुछ आपका स्माह डाउन जाएगा और दर्शकों आपको बताना चाहेंगे कि कोई नए साझेदारी करने से आपको बचना रहेगा आपको संतान के विषय में चिंता होगी लग्न में बैठा केतु पंचम दृष्टि संतान और विद्या के घर पे दे रहा है तो संतान के विषय में चिंता होगी आपकी जो है संतान कुछ कोई रोगों से पीड़ित हो सकती है आपके कॉन्सेप्ट इस बीच क्लियर नहीं होंगे मान सम्मान में कुछ कमी आएगी आपके मित्रों से और सहकर्मियों से कुछ दूरी बनेंगे महिलाओं के माध्यम से अथवा उनके कारण आपको हानि उठानी पड़ेगी प्रेम संबंधों में भी इस बीच असफलता दिखाई हुई पड़ेगी अट्ठारह अक्टूबर से मास के अंत तक का ग्रह गोचर आपको धन लाभ देगा सूर्य देव जो यहाँ पर बैठे हुए हैं टेंथ हाउस में ये हो जाएंगे नीच के जा करके और नीच भंग भी ये राजयोग बनाएंगे आपके कार्यों में जो अवरोध और विघ्न बाधाएं आई थी ये समाप्त होगी परंतु नए एग्रीमेंट अथवा सहयोग के बचाव होगा सुख की प्राप्ति होगी आपके मन में संतोष रहेगा घर में किसी आध्यात्मिक अथवा मांगलिक उत्सव से मन प्रसन्न रहेगा सात्विकता में वृद्धि होगी ज्योतिष के प्रति आपका जो है झुकाव रहेगा विदेश यात्राओं का योग भी बन रहा है और आपको इस बीच प्रशासकीय सहयोग भी मिलेगा कोई पुराने रोग से आपको छुटकारा होगा लेकिन इस माह आपका वजन अचानक से बढ़ेगा और विद्यार्थियों को परीक्षाओं में सफलता प्राप्त होती हुई दिखाई दे रही शिक्षा में प्रगति रहेगी क्योंकि लगने जो रहेगा व्यय भाव में होने से शारीरिक कष्ट भी कुछ संभव है दर्शकों शुभ कार्यों में या अपने शरीर के ऊपर आपका पैसा खर्च होगा कोई लोन ले सकते हैं कोई कर्ज ले सकते हैं कर्ज के बोझ के तले आप जो है दब सकते हैं विदेश जाने का योग बन रहा है अत्यधिक परिश्रम करने पर व्यवसाय में वृद्धि होगी एवं धन की प्राप्ति होगी बनते कार्यों में नई विघ्न बाधाएं दर्शकों उत्पन्न होगी वही दिनांक 17 से जो भाग्य का स्वामी ग्रह सूर्य होगा ये नीच का हो जाएगा इस कारण कुछ आपको माइग्रेन की भी दिक्कत होगी आंखों में कुछ पीड़ा हो सकती है ये सरकारी नौकरी में है तो संभल जाइए अगर आप करप्शन करते हैं घूच इत्यादि लेते हैं एजुकेशन फील्ड में भी जुड़े हुए हैं और कॉलेज नहीं जाते हैं तो आप जो है सस्पेंड इत्यादि हो सकते हैं और आपके ऊपर कोई जो है ए, सरकारी कार्रवाई हो सकती है तो इससे बचना रहेगा आपको अब दर्शकों चलते हैं अंतिम पड़ाव हमारा जो आता है ये आता है कि आपका भाग्यशाली कलर क्या रहेगा भाग्यशाली अंक क्या रहेगा इस माह के सर्वाधिक शुभ दिवस कौन से हैं अशुभ दिवस कौन से हैं और कुछ आपको प्रयोग हम बताएंगे दीपावली से जुड़ा हुआ भी और इस माह को प्रभावी बनाने के लिए तो इस माह सबसे ज्यादा आपके लिए जो लकी कलर रहेगा ये रहेगा पीला रंग और आपके लिए रहेगा रेड कलर ये दोनों कलर आपके लिए शुभ रहेंगे सर्वथा भाग्यशाली जो अंक रहेंगे ये 9 नंबर और 12 नंबर अनुकूल दिशा आपके लिए रहेगी पूर्व अब इस माह की जो शुभ तारीखें हैं आप लोग नोट कर लीजिए तो दो तारीख चार तारीख छः तारीख ग्यारह तारीख चौदह तारीख सोलह तारीख उन्नीस तारीख सत्ताईस तारीख उन्तीस तारीख इकतीस तारीख इतनी तारीखें है, सुबह हैं और प्रतिकूल दिवस की बात करें तो नौ तारीख को विशेष सावधान रहिएगा इक्कीस को तेईस को पच्चीस को और अट्ठाईस तारीख को आप लोग विशेष रूप से सावधान रहिएगा अन्यथा किसी चीज़ के आप लोग जो है चोटिल हो सकते हैं एलिगेशन लग सकता है सस्पेंड वगैरह हो सकते सरकारी क्षेत्र में है उपाय पर चलते हैं सबसे पहले आपको करना क्या रहेगा माँ लक्ष्मी को पूरे वर्ष कैसे प्रसन्न करें तो आपको धनतेरस वाले दिन एक आपको पीला कपड़ा लेना है रेशमी कपड़ा लेना है पीले वस्त्र में आपको क्या करना रहेगा एक मोती शंख ले आइएगा काली हल्दी ले आइएगा और एक दुर्बा ले लीजिएगा एक आप लोग चांदी का सिक्का जिसमें लक्ष्मी जी की जो है फोटो बनी हुई है उसको ले करके और मौली से पूरा ढक दीजिए उसको लपेट दीजिए और उसके बाद करना क्या रहेगा इन सभी सामग्रियों को आप उस वस्त्र पर रखिए पीले वस्त्र पर उसमें आपको सात कमल गट्टे रखने हैं सात फूलदार लौंग रखने सात इलायची रखनी है और दर्शकों इसमें सात कौड़िया आपको रखनी है सात गोमती चक्र रखना है और थोड़ा सा इत्र ऊपर छिड़क दीजिएगा कोई परफ्यूम लीजिएगा नॉन एल्कोहलिक उसको आपको छिड़कना रहेगा उस पर और फिर पोटली को बांध दीजिए धनतेरस में जब आप बैठेंगे पूजा करिए लक्ष्मी सहस नाम का पाठ लगातार आप लोग तीन दिन करिए दीपावली वाले दिन तक की और उसके बाद उस पोटली वो पोटली आपकी सिद्ध हो जाएगी उस पोटली को उठाइए और अपने अलमारी के लॉकर में रखिए और फिर देखिए एक वर्ष तक की कैसे माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहेगी बिल्कुल फाइट उपाय है किया हुआ अजमाया उपाय है और केवल ये धनु राशि के जातकों के लिए ही एप्लीकेबल है और कोई राशि के जातक ना करे तो बेहतर रहेगा दूसरा आपको प्रयोग करना ये रहेगा कि शनिवार को पीपल के वृक्ष में आपको जो है क्या कहते हैं जल अर्पण करना रहेगा व आपका कार्यक्षेत्र जो है कार्यक्षेत्र में वाणी का विशेष ध्यान आपको रखना रहेगा पुरुष सूक्त का पाठ आप लोग नित्य करिए इसके साथ साथ कार्यक्षेत्र में आप जहाँ पर कार्य करते हैं शनिवार वाले दिन अदरक की चाय आप लोग अपने सहकर्मियों को दो चार दस चाय आप लोग पिला दीजिए केसर का सेवन आपको करना है और केसर का तिलक मस्तक जिब्बान आभि पर आपको डेली लगाना रहेगा इसके साथ साथ धनु राशि के जात को वार्षिक राशिफल 2020 हजार इस चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग देख लीजिए हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं पड़ गया है बस जरूरत आप लोगों को है जाकर के देखने की ये करिए तो दर्शकों ये तो था हमारा धनुराशि के जातकों के लिए अक्टूबर का माह कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताइए और जाते जाते पुनः याद दिलाते हैं उन्नीस और 20 अक्टूबर को दिल्ली में रहेंगे व्हाट्सएप या फोन के माध्यम से अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा लीजिए दीजिए इजाजत मिलते अपने नए वीडियो में तब तक, तक के लिए नमस्कार